दोस्तों नमस्ते आज मैं YouTube बना रहे हैं YouTube चैनल हमारा नया YouTube चैनल है ठीक है और बहुत सारा वीडियो अपलोड करेंगे इस पर ताकि सपोर्ट करें ठीक है दोस्तों ओके देखिए दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करें खुशी की वजह से आदमी अपलोड करता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों लाइक लाइक तो आपको पता ही है कहाँ से लाइक करते हैं कहाँ से सब्सक्राइब करते हैं ठीक है इसे करने से आपको ना मुश्किल होगा ना कुछ होगा आज हम बताने वाले यही हैं फ्लाइट के बारे में इंडिया से सऊदी इंडिया से दुबई कतर कुैत बहरेन कैसे जाए ठीक है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो तो आज का बहुत बड़ा होने वाला है उतना बड़ा नहीं है फिर भी बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो पहले वैक्सीन लगवाना पड़ेगा डबल डोज डोज दो डोज दो, दो का वो भी कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं चलेगा कोविशील्ड का और दूसरी बात ये है कि मैं दुआ घर दुआ है थोड़ा दिखा दे रहे हैं दूसरी बात ये है कि कोविशील्ड लगवाना ज़रूरी है बात ये है कि यार डोज दो डबल लगवाने पड़ेगी दूसरी बात तो कलना पे तो कलना ऐप जो है उस पे उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा ठीक है वेरीफाई उसी जहाँ पे आप जिस जहाँ से आप डोज लगवाए हो उसको सर्टिफिकेट के पास वहाँ पे आर होगा कोड होगा कोड उसका जो होगा ना कोड आता है उस कोड को वेरीफाई तो करना से करना पड़ता है ठीक है और सऊदी जाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है ये जो लोग बोल रहे हैं एयर बबल के फ़्लाइट खुला हुआ है ऐसे भी न्यूज़ आया हुआ था एयर बबल जो फ्लाइट है इंडिया से सऊदी जाने के लिए वो एयर बबल जो है ट्विटर पर न्यूज़ आया हुआ था कि इंडिया से सऊदी जाने के लिए कब जा रहे तो ये बात एयर बबल जो है इंडिया एम एसी या सऊदी एम एसी से नहीं हुआ है ठीक है एमसी से होता है अल्लाह एक मैं ज्वाइन करके सऊदी का वैक्सीन जो लगवाएँगे कोविशील्ड का दूसरी बात दुबई का फ्लाइट तो ओपन हो चुका है आपको पता ही होगा दुबई का पाँच अगस्त से ही ओपन हो गया था और उसमें भी बहुत वैक्सीन लगवा कर जा सकते हैं कतर का है जो दो अगस्त का ही ओपन हो गया था और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट जो सब ओपन हो जाएगा 29 अगस्त को सब फ्लाइट ओपन हो जाएगा ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं दूसरी वीडियो बनाए जान ही रहे होंगे नया वीडियो है मेरा खुब तो नमस्ते